हेलो फ्रेंड्स माए ने शिवानी मिश्रा प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वे आइकन को आप प्रेस कर दीजिए मेरे लेटेस्ट डिज़ाइनर वीडियोस की अपडेट पाने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो की तरफ चलते हैं स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजाइनपुर में तो आज मैं आपको स्लिप की डिज़ाइन दिखाऊँगी देख लीजिए तो मैंने स्लिप की जो लेंथ रखी है देखिए विथ हु इंच लेंथ इसकी सिक्स इंच है और थ्री इंच मैंने देखी नीच पीछे के साइड है और थ्री इंच की मैंने गोलाई दिया है स्लिप में अब चलिए मैं डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ तो डेढ़ इंच पे एक मार्क करेंगे नीचे के साइड से अब यहाँ से हम राउंड में करते हुए स्लिप के नीचे से भाग मिला देंगे ये देखिए मैंने मार्किंग कर दी है इसको मैं कट कर देती हूँ स्लेब को यहाँ से हम कटिंग कर देंगे जहाँ से मार्क किया है देखिए मैंने कटिंग कर दी है स्लिप की मैंने कपड़ा लिया है अब इसका भी सेम ऐसे ही कटिंग कर देंगे अब इसको मुझे स्टिच करना है तो दोनों को बिल्कुल बराबर में रख लेते हैं हम सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर देंगे दूसरे के साथ में ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर दी है दोनों की अब इस पर हम कट्स लगा देंगे पूरा अच्छे से पूरा कट्स लगा दीजिएगा इससे हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही आएगा जैसे हम बनाना चाहते हैं अब इसको मैं पलट कर सीधा कर देती हूँ तो मैंने देखी इसको पलट कर सीधा कर दिया है एक सिलाई लगा के इसको हम स्टिच कर देंगे तो साइड से बिल्कुल अच्छे से बनाते हुए डिज़ाइन को पूरा स्टिच कर लीजिएगा ये देखिए मैंने कम्प्लीटली स्टीचिंग कर दी है ये देख लीजिए अब इसकी नीचे के साइड से स्टीचिंग करेंगे तो दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लेंगे स्टिच करके तो ये देखिए मैंने कम्प्लीटली पूरा स्टीचिंग इसकी कर दी है अब मुझे इस पर डिज़ाइन करना है तो इसको साइड करते हो ये मैंने फेब्रिक लिया है इसके मैं स्क्वेर साइज में कुछ पार्ट्स को कट कर देती हूँ स्क्वायर साइज़ में देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ ये मैंने कटिंग कर दी है इनको हम अलग अलग कर देंगे अब इसका मैं डिज़ाइन बनाऊंगी तो मैं कैसे डिज़ाइन बनाऊँगी आप वीडियो में देख लीजिए सेम इसी तरीके से आपको भी डिज़ाइन बनाना है ये देख लीजिए ये मेरी डिज़ाइन बन चुकी है इसको मैं थ्रेड्स की सहायता से यहाँ से बांध लेते हैं ये देख लीजिए ये मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है एक इसी तरीके से मैं आपको कुछ और बना के दिखा देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगी कैसे मैं डिजाइन को बना रही हूँ देख लीजिए मैंने इसको भी बना लिया इसको भी यहाँ से हम थ्रेड की सहायता से बांध लेते हैं मैंने कम्प्लीटली देखिए पूरा डिज़ाइंस को बना दिया है अब इसको साइड करेंगे अब मैं स्लिप ले लेती हूँ और इसके साइड में हम डिज़ाइन को स्टिच करेंगे तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन को स्टिच करके दिखा देती हूँ यहाँ से तो मैंने देखी डिज़ाइन्स ले लिए यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम निकाल देंगे कट करके इसी तरीके से आप भी निकाल दीजिएगा अब इसको हम स्लिप पे रखते हुए डिज़ाइन को स्टिच कर लेते हैं तो देख लीजिए वीडियो में मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी डिज़ाइन के साथ में सॉरी आस्तीन के साथ में डिज़ाइन को स्टिच करना है तो मैंने कंप्लीटली देखी डिज़ाइन को स्टिचिंग कर दी है अब इस मुझे लैस लगाना है तो मैंने लैस ले लिया है अब साइड में इसके हम लैस को रखते हुए पूरा लैस को स्टिच कर देंगे तो वीडियो में देख लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर वी बनाते हुए स्टिच कीजिएगा लैस को तो हमारा डिजाइन इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा अब दूसरे साइड से भी लैस को पूरा स्टिच कर देते हैं तो मैंने देखे कम्प्लीटली पूरा लेस स्टिच कर दिया है स्लिप पे अब यहाँ से मुझे ये मैंने देखिए फैब्रिक लिया है स्क्वायर साइज का और डोरी लिया है तो हम डोरी के नीचे के साइड से फैब्रिक से डिजाइन करेंगे यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे तो मैं फ्लावर बना लेती हूँ इसका सेम ऐसी आप भी बना लीजिएगा ये देखिए मेरा ये बन चुका है अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे अब इसको मैं पलट कर सीधा कर देती हूँ ये देखिए एक साइड से मैंने बना दिया है दूसरे साइड से भी ऐसे ही बनाएंगे तो मैंने देखी ये दोनों साइड से कंप्लीटली बना लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे और इसको भी पलट कर सीधा कर देंगे तो मेरा अच्छे से देखिए ये बन चुका है अब इसको साइड करते हैं ये मैंने स्लिप लिया है अब इसके जो मैंने डिज़ाइन बनाया उस पर मैं मोती लगाऊंगी तो चलिए मैं मोती लगा के आपको दिखा देती हूँ यहाँ से हम अच्छे तरीके से मोतियों को लगा देते हैं तो मैं मोतियों को कैसे लगा रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए ये बहुत ही इजी है इस तरीके से देखिए मैंने पूरा मोती लगा दिया है अब यहाँ से हमें डिज़ाइन करना है तो जो मैंने फ्लावर बनाया था अभी दोनों साइड डोरियों पे उस फ्लावर को हम यहाँ से स्टिच करेंगे तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ देख लीजिए मैं डोरी को कैसे स्टिच कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी डोरी को स्टिच करना है यहाँ से मैं डिज़ाइनर बटन लगाऊँगी तो पहले हम डोरी को स्टिच कर देते हैं ये देखिए मैंने डोरी की स्टिचिंग कर दी है मेरी डोरी कम्प्लीटली स्टिच हो चुका है अब इसके ऊपर से हम जो है डिजाइनर बटन लगा लेते हैं और मेरी डिजाइन देखिए कम्प्लीट हो जाएगा ये मैंने बटन लिया यहाँ से हम बटन को अच्छे से लगा देंगे मेरी स्लिप डिजाइन देखिए ये बिल्कुल कम्प्लीट है ये कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है देख लीजिए ये मेरी ब्यूटीफुल सी स्लिप डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को मैं कमेंट करके बताइएगा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए थैंक्स फॉर बाय बाय